खजुराओ के एक युवक से मैस्को की टीचर को चार साल पहले प्यार हो गया था अब इन दोनों प्रेमी युगल ने सात जन्मों तक साथ रहने का फैसला कर लिया है प्रशासन को इस देश-विदेशी जोड़े ने शादी करने का आवेदन दिया जिस पर प्रशासन पूरी जांच पड़ताल करके एक महीने के अंदर इन दोनों को शादी करने की अनुमति देगा विश्व पर्यटन नगरी खजुराव के चंदेल कालीन मंदिर हमेशा से देश विदेश के पर्यटकों को अपनी सुंदर कला की वजह से आकर्षित करता है वैसे तो कई कहानियां हैं इन मंदिरों की लेकिन शायद ही ऐसी प्रेम कहानी कभी हुई होगी जहां सात समुंदर पार करके आए विदेशी टीचर को भारतीय युवक से प्यार हो जाए और वो जिंदगी भर का साथ निभाने का वादा कर ले ये प्रेम कहानी है शेख अमन की जिससे मैक्सिको के टीचर को प्यार हो गया और ये प्यार इस कदर बढ़ा कि उन्होंने चार साल बाद एक साथ जिंदगी जीने की ठान ली इन दोनों ने कोर्ट मैरिज के लिए कलेक्टर को आवेदन दे दिया है प्रशासन पूरी जांच पड़ताल करके एक महीने के अंदर इन दोनों को शादी करने की अनुमति देगा मेरी मुलाकात आज से चार साल पहले हुई थी मानता जूलिया से और हम साथ में चार साल से रिलेशनशिप में मेरा अब हम लोग अपना शादी का प्लान बनाया है शादी करके हम लोग साथ में अपने एक दूसरे से लाइव गुजारना चाहते हैं। विशेष विवाह अधिनियम के तहत कोई विदेशी नागरिक अगर भारतीय नागरिक से विवाह विवा करना चाहता है अधिनियम के तहत विवाह कर सकता है और उसके लिए एडीएम या डीएम कोर्ट में कलेक्टर ऑफिस में आवेदन दिया जाता है जो आज दोनों ने हस्ताक्षर करके एडीएम कोर्ट छतरपुर में पेश किया है उसका इश्तहार निकाला जाएगा और उसके बाद दोनों की सहमति लेके बयान लेने के बाद इनकी कोर्ट मैरिज हो जाएगी जो विधि में नियम है उस हिसाब से होगा वेहित प्राधिकारी भारतीय विवाह नियम विनियम पर कलेक्टर न्यायालय में से अमन की ओर से अधिवक्ता के द्वारा इस का आवेदन यहां पर प्रस्तुत किया गया है कि उनके द्वारा एक विदेशी महिला से जो कि लास वेगास कैलिफोर्निया से है उससे विवाह करना चाहते हैं आवश्यक दस्तावेज जिसमें उपलब्ध कराए गए हैं आगे इसमें इश्तेहार इस आदि प्रकाशन के बाद जो